अभी हम मैं और करण रात के लगभग 12 बजने वाले हैं और हम लोग गरबा खेलने जा रहे हैं। है आठवा दिन है नवरात्रि का पूरे अलग अलग गाँव में से नजदीक जो बागुड़िया तालुका के नजदीक जो भी गांव है यहाँ वो उस गांव में से सब लोग इतने इकट्ठा लोग आएंगे हाँ। अब हम लोग जा रहे हैं इंदिरापुरी गरबा ग्राउंड

अभी हम मैं और करण रात के लगभग 12 बजने वाले हैं और हम लोग गरबा खेलने जा रहे हैं करण आप तो तैयार वैयार हो गए मेरे को तो कल बोले थे कि आप मुझे वो पहनने को सूट दोगे अरे यार उसके लिए मैं बहुत बहुत आपसे माफी चाहता हूँ हमारे गुजरात में

गरबा के लिए कोई भी कपड़ा कोई भी पैंट शर्ट पहन क्या है कोई भी कपड़ा पहन लो एक बार वहाँ पर तो गरबा सुनते अपने मन में हो जाता है कि हम भी गरबा खेल ले तो कुछ है नहीं ना कि भाई ये कपड़ा ना पहने तो ये नहीं नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ हमारे बागुड़िया तालुका में एकदम किसी को भी परमिशन है आठवा दिन है नवरात्रि का पूरे अलग अलग गाँव में से नजदीक जो बागुड़िया

हम लोग जा रहे हैं इंद्रापुरी गरबा ग्राउंड

आखिरकार बहुत हमने गरबा खेला वो लोग एंजॉय किया ये गरबा मेरे जीवन का सबसे बेस्ट गरबा होगा क्योंकि आप देख रहे होंगे कई लोग मेरे साथ ही रख रहे थे आई होप आपको ये गरबा और डांडिया ये सब पसंद आ रहा होगा बाकी आपको अगले दिन मिलते हैं बाय बाय